ठीक गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम बनाएंगे गुड़ और इमली की चटनी इसके लिए सबसे पहले हमें इमली को भिगो के रखना है तो सॉफ्ट लेंगे यहाँ कुछ दस से बीस तकरीबन हमने काली मिर्च ली है एक बड़ी इलायची दो तकरीबन लौंग लेंगे एक चम्मच और दो चम्मच हमने थोड़ी सी सोट भी डालेंगे अथी तो थोड़ा सा हींग हींग का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है है हमने लाल मिर्च और डालना है अब ज़ीरा एक छोटा टुकड़ा डालेंगे दालचीनी का वो तेज़पात पत्ता लिया है चाहें तो आप डाल सकते हैं अगर नहीं हो तो अवॉइड भी कर सकते हैं हमारे गरम मसाले रोस्ट हो चुके हैं अब बस हमने इन्हें पीसना है बाउल में चना लेकर अपना जो इमली का पल्प है उसको छानेंगे में डालना है ये जो मसाला हमने तैयार कराया है वही तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन दो चम्मच वन एंड टू और फिर हमने इसमें डाल देना है गुड़ क्योंकि गुड़ के बिना चटनी तो होती ही नहीं है सफ़ेद नमक हम डालेंगे तकरीबन एक चम्मच और आधा चम्मच हम डालेंगे काला नमक फूड कलर डालेंगे जरा इसे खूब अच्छा सा पकाना है तो और सौसर में इसे डालेंगे इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे बस अब इसे थोड़ा सा पकने देंगे फ्लेम को ऑफ करेंगे चटनी की जो थिकनेस है वो हमारी परफेक्ट हो गई है। रूम हैचर पे इसे ठंडा होने देंगे ताकि ये सेट हो जाए थोड़े से इसमें हम मगज डालेंगे और इसमें डालेंगे बनाना के स्लाइसेस। टिक्की समोसा और दही पल्ला के साथ ये बहुत अच्छी लगती है होप्सो आपको अच्छी लगी होगी इसकी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना खूब ख्याल रखिए बाय बाय